आराम दे, आराम प्यार प्या भाई प्यार से से प्यार भाई नहीं, भाई। बैल के नहीं बन गया तो तो एक बार फिर एक बार कर पावर तेरी है फिर गुमला में फिर फिर बुनला ये तो अच्छा कर तो भाई लोग मेरे हमने तैयार है ये गाड़ी जी हमारे पास हो रही है, है खत्म चार मिकी है पेंट वाली एक अभी जा रही है तीन अपनी खड़ी है और जे कर रहे हैं बिना ट्रेक्टर के जोर अर ट्रेक्टर ट्रेक्टर फिर क्यों जोर जोर कर दो भाई था इंजन रखना अभी बाइक घूम दे अपने ये बिना इंजन के पेंटर साहब ने कलर मारा भी इन पे इं रखना इन्होंने इं रखना बकाया है नी अरजीत भाई पीनी रह गई ना अपने पास पीनी रह गई चलो चार और निकाल देंगे यार